हेलो फ्रेंड तो आइए आज इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा अर्निंग देने वाला है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये यह जो एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छा आपको अर्निंग दे रहा है और इससे इंस्टेंटली विड्रो निकल रहा है जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ पेटीएम में दिखाने वाला हूँ कि इंस्टेंट विड्रो निकलने वाला है इस पर अर्निंग कैसे होकर फ्रेंड इसमें नॉर्मल से टास्क हैं और यहाँ पे केवल आप स्पिन घुमा देंगे इसके बदले आपको पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे पर डे आप अच्छा खासा अर्निंग करेंगे पूरी वीडियो को आप देखिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है आप हमारी व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे डेली अर्निंग का और पेटीएम कैश आपको मिलता रहेगा ठीक है तो चलिए मैं आपको इसके वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अर्निंग करना है जो आपकी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको एक एसपिन मिलेगा ठीक है एसपिन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्पिन घुमाएंगे आपको स्पिन में कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा डेली आपको जो है लगभग बारह स्पिन मिलेगा यानी कि समझ लीजिए कि डेली आप एक दो रुपये तो केवल स्पिन घुमा के आपको पर मिल जाएंगे ठीक है ठीक फिर एक घंटे के बाद एसपिन देगा दूसरा और यहाँ पर आप जो है टास्क करेंगे यहाँ पर अगर किसी को रेफर करते हैं तो इंस्टेंटली रेफर का भी कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि यहाँ पे शो है आप पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद लाइफ टाइम उसका फिर फाइव परसेंट कमीशन मिलेगा आप यहाँ पे दस हज़ार प्लस पॉइंट रेफरल से अर्न कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए कि टैक्स करके एप इंस्टॉलिंग टैक्स है इस टाइप का टैक्स करके भी अर्निंग कर सकते हैं ठीक है और उसके साथ साथ मैंने आपको स्पिन का बता दिया जो कि आप एस्पिन करके डेली इसमें से विड्रो लगा सकते हैं और मैंने ऑलरेडी विड्रो आज लगाया है जो कि मैं दिखा देता हूं आपको इंस्टेंट है मैं रिसीव हुआ आपको विड्रॉल यहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है जैसे ही आपका बीस पॉइंट होगा दो का आप विड्रो लगा पाएंगे पचास पॉइंट होगा तो पाँच का लगा पाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन अप्लीकेशन है मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि हमें पे, पे इंस्टेंटली वो भी टुडे इंस्टेंट विद इन वन सेकेंड के अंदर पेटीएम पे जो है पैसा इस एप्लीकेशन द्वारा रिसीव हो गया है जो कि मैं आपको लाइव यहां पे दिखा देता हूं ठीक है तो मैंने अपना पेटीएम खोल दिया हूं और आप यहां पे देख सकते हैं कैश बैक रिसीव फ्रॉम मोबिया मेडिया प्राइवेट के नाम से आया था ठीक है और मैं आपको ऐप में भी दिखा देता हूँ कि मैं ट्रॉल रियल में लगाया हूँ ओ मैं चलता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री में रिडीम हिस्ट्री ठीक है और मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ा विप करने तक का उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे विड्रो आप देख सकेंगे ये एक स्क्रैच कार्ड भी मिला है हमें आप देख सकते हैं कि हमने बीस पॉइंट का विड्रो लगाए हुए हैं और हमें ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो चुका है यानी सक्सेस हो चुका है आप टाइमिंग देख सकते हैं कि चार जनवरी आज दो हज़ार तेईस है और आज ही के डेट में हमें रिसीव हुआ है ठीक है और जिस तरीके से आप यहाँ पे वर्क करते जाएंगे जो भी आपको पॉइंट मिलेगा उसका आपको इंस्टेंट जो है नोटिफिकेशन मिलेगा तो काफ़ी अच्छी अप्लीकेशन दोस्तों इस एप्लीकेशन से डेली आपको कुछ दो रुपये तो मिलना ही मिलना है ठीक है और बाकी के आप टास्क करेंगे तो आपको अच्छा खासा अर्निंग हुआ आप देख सकते हैं टेन सौ पॉइंट इस तरीके से इस एप्लीकेशन से आप अर्निंग करेंगे काफ़ी बेहतरीन है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में दे दिया हूँ वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और अर्निंग करिए और हमारे ग्रुप में जुड़िए और न्यू न्यू अपडेट पाते रहिए जहाँ से आपको और भी अच्छा अर्निंग का जो है चीज़ें मिलता रहेगा न्यू न्यू एप्लीकेशन मिलती रहेगी जिससे आपको अर्निंग होगा ओके फ्रेंड तो थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा ओके फ्रेंड